चोरी गिरफ्तार के क्या आक्रम देखिए पुलिस जोन पर महोदय द्वारा अपराध एवं के धर पकड़ होती एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें थाना लाल बाजार को एक सफलता प्राप्त हुई है अब विशेषरपुर चौराहे पे चेकिंग के दौरान दो बदमाश पकड़े गए जिनके पास से दो मोटरसाइकिल बरामद हुई बच्ची तो चोरी की थी जब उनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने उनके ही पे तीन मोटरसाइकिलें और बरामद हुई इनका आपराधिक इतिहास क्या है इनका आपराधिक इतिहास ये साथी चोर है और लगभग आधा दर्जन मुकदमे इनके खिलाफ है और ये दोनों चोर थाना गोतवाली तो क्षेत्र के रहने वाले हैं इनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई भी की जाएगी अन्य जनपदों में कुछ इतिहास रहा है फिलहाल अभी इनका जनपद का ही जौनपुर है और आगे ब्यूशा जारी है अन्य जनपदों का भी संज्ञान में आते आपको अवगत कराया जाएगा